मातृभूमि के वंदन और आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हुए मैं ज्योतिर्विदाशीष पांडे दिनांक 4 दिसंबर का दैनिक राशिफल व पंचांग आप सभी श्रोतागणों के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है आपकी चंद्र राशि के आधार पर आधारित है तथा दर्शक जो भी इसमें उपाय बताए जाएंगे आप निष्ठापूर्वक कीजिएगा निश्चित ही आपको लाभ होगा ऐसा हमारा जो है क्या कहते हैं ऐसी हमारी कामना है दर्शकों आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बगल में बना हुआ बेल आइकन आप लोग जरूर दबाइए ताकि हमारी जो भी नोटिफिकेशन है बिना किसी बाधा के आप तक पहुंचती रहे तो दर्शकों आइए पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं लेकिन एक आप लोगों से आग्रह करेंगे कि एक बार जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं आप लोग जय श्री राम का उद्घोष जरूर कीजिए जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए और हमारा रहेगा कि आप जो जय श्री राम लिखेंगे उसका प्रतिउत्तर हम अवश्य दें तो देखते हैं दर्शकों आप में अधिक दम है या हम में दम है चलिए पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है तो दर्शकों देखिए पंचांग पांच अंकों से मिलकर के बना होता है ये पाँच अंग तिथि वार नक्षत्र योग करण तो विक्रम संबंध दो हजार छिहत्तर शख संबत उन्नीस सौ नामक संवत्सर चल रहा है बुधवार दिन रहेगा सूर्योदय होगा प्रातः छः बजकर तिरालीस मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच मिनट पर दक्षिणायन चल रहा है शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि दर्शकों रहेगी इसके उपरांत नौमी तिथि लग जाएगी तो अष्टमी तिथि के बारे में देखिए दर्शकों हमने आपको बताया था कि अष्टमी तिथि को नारियल का सेवन नहीं करना चाहिए नारियल त्याज बताया जाता है अगर आपने नारियल का सेवन कर लिया तो समझ जाइए कि फिर जो है गड़बड़ है बुद्धि का नाश होता है इसके साथ साथ दर्शकों नक्षत्र की बात करते हैं तो शतभिषा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा करण की बात करते हैं तो पहला करण रहेगा विष्टि और करण रहेगा वब और इसके उपरांत बालव करण रहेगा योग रहेगा हर्षण इसके उपरांत व्रज योग रहेगा शुभकाल की बात कर लेते हैं जिसमें आपको शुभ कार्यों को करना है तो आज के दिन आपको प्रयास ये करना है कि यदि आप शुभ कार्यों को करने जा रहे हैं तो ग्यारह बजकर 6 मिनट से ले करके और ग्यारह बजकर 55 मिनट के बीच में आप लोग शुभ कार्यों को कर लीजिएगा इसमें आपके कार्यों की सिद्धि होगी राहु काल पर आ जाते हैं राहु काल में शुभ कार्यों का करना वर्जित माना जाता है तो राहुकाल का समय रहेगा सुबह ग्यारह बजकर छप्पन मिनट से एक बजकर चौदह मिनट तक की ये जो पंचांग की गणनाएँ हैं ये लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके दर्शकों देखिए बनाया गया है चंद्रदेव कुंभ राशि में चलायमान है वहीं सूर्यदेव वृश्चिक राशि में चलायमान है दिशाशूल की बात करते हैं तो बुधवार को उत्तर दिशा की ओर दिशाशूल रहता है उत्तर दिशा की ओर की यात्राओं का करना वर्जित माना जाता है लेकिन यदि उत्तर दिशा की ओर यात्रा करनी पड़ जाए तब तो साहब आप लोगों को करना ये रहेगा कि इलायची का सेवन करिए धनिए का सेवन करिए पिस्ते का सेवन करिए सौफ का सेवन करके आप यात्रा कर सकते हैं तो दर्शकों देखिए ये तो था हमारा पंचांग अब बढ़ते हैं हम अपने राशिफल पर और राशिफल पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को फटाफट लाइक करिए और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के और फेसबुक के ग्रुप में जमकर शेयर करिए कि अधिक से अधिक लोगों तक की हमारा ये वीडियो पहुँचे तो राशिफल पर आगे चलते हैं राशिफल में हमारी पहली राशि आती है मेष राशि तो मेष राशि के जात आज आपके खर्चों पर नियंत्रण नहीं रहेगा आज आप लोग दूसरों से अपेक्षा ना करें तो बेहतर रहेगा आशा व निराशा के बीच तनाव व चिंतित आप लोग रहेंगे जोखिम व जमानत के कार्य यदि आज आप टालते हैं तो ठीक रहेगा जल्दबाजी तथा भावनाओं में बहकर कोई निर्णय ना लें इनकम होगी लेकिन खर्च अधिक रहेगा कारोबारी लाभ आज बना रहेगा अपनी कीमती वस्तुओं को आज संभाल कर रखना है उनका विशेष आपको आज ध्यान देना पड़ेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोगों को प्रयास ये करना रहेगा कि सांफ का दान आपको धर्म स्थान पर देना रहेगा दूसरा इलायची का सेवन अधिक से अधिक आज करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा लाइट ग्रीन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन के जातकों के लिए आज रुका हुआ धन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज दूसरों का के लड़ाई झगड़े वाद विवाद में मत पड़ेगा अन्यथा आज आपको पुलिस के जो है चक्कर लगाने पड़ सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि ओम गंगा गणपत नाला की आप को जाप करना रहेगा और दूसरा आज किसी कन्या को आपको मीठा खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो जेमिनी जी हाँ मिथुन राशि के जातकों आज आपके मन में धार्मिक भावनाएं तंत्र मंत्र जा, जादू टोने टोटके ये सब जागृत रहेंगे किसी तीर्थ यात्रा का आज आयोजन हो सकता है आर्थिक उन्नति हेतु विचार विमर्श लाभकारी रहेगा सामाजिक सेवा व दान पुण्य के काम करने की आज आपको प्रेरणा मिलेगी मित्रों तथा परिवार के सदस्यों का आज, आज आपको सहयोग प्राप्त होगा कुल मिला करके दिन अच्छा रहेगा जीवन साथी के भी आज आपके साथ संबंध मधुर रहेंगे कोई नया विवाह का प्रस्ताव आज आपके पास आ सकता है आपके घर में आ सकता है। उपाय के तौर पर करना करना क्या रहेगा रहेगा तो आज आपको प्रयास कि को पका हुआ भोजन कराना है और दूसरा गणेश चालीसा का पाठ करके तब आपको घर से बाहर निकलना है शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा छतकों के जातकों के लिए कर्क राश के जातकों आज धर्म स्थल की यात्रा दर्शन आदि के सुयोग बनेंगे किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग व मार्गदर्शन आज आपको प्राप्त होगा राजकीय व्यक्ति से परिचय बढ़ सकता है व्यस्तता रहेगी थकान व कमजोरी आज आपके अंदर रहेगी धन प्राप्ति का मार्ग सुगम होगा घर बाहर कुल मिलाकर के प्रसन्नता का वातावरण रहेगा उच्च अधिकारी आज आपको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं आज आपका प्रमोशन हो सकता है या आज, आज आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट मिल सकता है उपाय क्या करें तो विष्णु सहस का आप लोग पाठ करिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक माला का आपको जब करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा का लाइट ग्रीन कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो लियो सिंह राशि क्या कहता है आज आपका राशिफल तो सिंह राशि के जात को सेहत के बारे में अगर आज आप लापरवाही करते हैं तो आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है काम करते समय किसी भी तरीके की जल्दबाजी व लापरवाही ना करें तो बेहतर रहेगा वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं संगति से आज आपको बचना रहेगा हंसी मजाक में हल्कापन ना हो तो ठीक रहेगा यदि आप मजाक दूसरों से करते हैं तो सहने की भी आपको आदत डालनी चाहिए आज आपका व्यापार व्यवसाय ठीक रहेगा आज दूसरों के कार्यों में आपको हस्तक्षेप नहीं करना है वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज मंत्र का 108 बार आप जाप करिए और ओम नमः मंत्र का भी आपको 108 बार जाप करना रहेगा तब घर से बाहर निकलिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा नीला रंग और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा पांच वहीं कन्या राशि के जातकों क्या कुछ कहता है आज आपका दिन लेकिन दर्शकों फटाफट जय श्री राम का उद्घोष आप लोग करिए हमारे इस वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और आपसे उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग जम के शेयर करेंगे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए जयपुर आ रहे हैं आप लोगों के बीच में दिल्ली आ रहे हैं तो जो भी राजस्थान से दर्शक हैं खास करके जयपुर या इसके आसपास के क्षेत्र से आप लोग हमसे मिल सकते हैं और दिल्ली के दर्शक तो हमसे मिलते ही रहते हैं तो आप लोग भी अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए कन्या राशि के जात को घर बाहर सब तरफ हर कार्य में आज आपको सहयोग प्राप्त होगा किसी बड़ी समस्या का समाधान होगा विवाह के इच्छुक व्यक्तियों को वैवाहिक प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं आज भाइयों का सहयोग आपको प्राप्त होगा धन प्राप्ति आपकी सुगम होगी उत्साह व प्रसन्नता आपको बनाए रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं साथ ही साथ दर्शकों आज पिता की तरफ से आपको कोई अप्रत्याशित आप गिफ्ट कह सकते हैं या अप्रत्याशित सूचना आज आपको प्राप्त होगी उपाय के तौर पर क्या करना रहेगा तो देखिए आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि गणेश जी को दूरबा आपको चढ़ाना है गंगा गणपति नवा मंदिर से और गणपति अथर्व का आज आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन वहीं लिब्रा अर्थात तुला राशि तो तुला राशि के जात को किसी संपत्ति का सौदा आज आपको बहुत बड़ा लाभ दे सकता है आपके मार्ग में आ रही बाधाएं आज दूर होंगी और लाभ के अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे घर बाहर वातावरण आपके अनुकूल रहेगा मित्रों व संबंधियों के साथ समय सुखमय व्यतीत होगा उत्साह व प्रसन्नता में वृद्धि होगी लाभ के अवसर आज आपको हाथ में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज प्रयास आपको ये करना रहेगा कि गणेश जी को एक मीठा पान आपको अर्पित करना है साथ ही साथ आज गणपतिर्स का पाठ करके तब आपको घर से बाहर निकलना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज वाइट कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साथ वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो वालो तो वृश्चिक राशि के जात किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन आज हो सकता है स्वादिष्ट भोजन का आनंद प्राप्त होगा किसी पार्टी व पिकनिक का आयोजन आज आप कर सकते हैं जा सकते हैं रचनात्मक तथा बौद्धिक कार्य आज आपके सफल होंगे वरिष्ठ जनों का आज आपको सहयोग प्राप्त होगा वरिष्ठ व्यक्तियों की हम कह लें जो है आपको शुभ सलाह प्राप्त होगी रुके हुए कार्यों में गति आएगी कुल मिलाकर के धनार्जन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज प्रयास आपको ये करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जाप करिए बुद्ध कवच का आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ टेरियर्स धनु राशि तो आज कोई बैड न्यूज आपको प्राप्त हो सकती है मेहनत अधिक और लाभ कम होगा कार्यों की सफलता में कुछ शंका रहेगी विवादों को बढ़ावा ना दे तो बेटर रहेगा स्वास्थ्य का आज आपको अपने ध्यान रखना है धन हानि की आशंका रहेगी चिंता तथा तनाव में रहेंगे व्यापार व्यवसाय सामान्य रहेगा प्रियजनों के साथ रिश्तों में कुछ खटास आ सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास करना विष्णु सहित नाम का पाठ करना रहेगा दूसरा धर्म स्थान पर आज आपको मसूर का दान जो है करना रहेगा जो मसूर होती है हरी हरे रंग की मसूर होती है इसका आज आपको दान देखिए करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा रहेगा जो काम आपके बिगड़े होंगे सही से संकल्प कर लिया तो आपके सारे काम बन जाएंगे मकर राशि के जात को थोड़े प्रयास से आज कार्यपूर्ण होंगे मित्रों व रिश्तेदारों का आज आपको सहयोग प्राप्त होगा किसी बड़े कार्य को करने की योजना आज आप लोग बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जोखिम उठाने का साहस करके यदि आज आप आगे निकलते हैं तो निश्चित ही आज परमार्थ आपका सिद्ध होगा घर बाहर आज मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी धन प्राप्ति सुगम होगी व्यापार में आज लाभ के तमाम अवसर आएंगे वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि गणेश जी को आज आप लोग गुलाब की एक माला अर्पित करिए और गणपति शीर्ष का पाठ गणपति भगवान के सामने खड़े होकर के आपको बोलना रहेगा पढ़ना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार कुंभ राशि के जातकों लेकिन दिल्ली और जयपुर में आप लोग मिल सकते हैं बार बार आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है दर्शकों हम इसलिए कहते हैं क्योंकि लास्ट टाइम पे लोग सब पूछते हैं पंडित जी कहा है पंडित जी कहाँ हैं और तब तक लोगों की अपॉइंटमेंट हो जाती है उसके बाद फिर चाह कर भी आपसे नहीं मिल सकते हैं इसीलिए कहना है कि फर्स्ट कम एंड फर्स्ट पाई पहले आओ पहले पाओ तो कुंभ राशि के जातकों मित्र व संबंधियों से मुलाकात होगी अच्छे खबरों से आज आपका जो है दिन अच्छा बीतेगा अच्छे खबर सुन करके बहुत सुकून मिलेगा आय बनी रहेगी आत्मविश्वास में वृद्धि होगी किसी मनोरंजक जगह की यात्राओं का आयोजन हो सकता है दूसरों के लड़ाई झगड़ों झंझटों में मत पड़िएगा आज अपने विवेक का प्रयोग यदि आप करते हैं तो निश्चित ही प्रत्येक समस्या से आज आपको मुक्ति मिलेगी आज कोई नई नौकरी का सृजन आपको मिल सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको प्रयास ये करना है कि विष्णु सहस नाम का सबसे पहले पाठ कर लीजिए दूसरा किसी कन्या को आज आपको कुछ मीठा देना है छेने से संबंधित चीज शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छे अंतिम राशि पर भरते हैं हमारी अंतिम राशि आती है मीन राशि लेकिन नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन आप लोग जरूर दबाइए मीन राशि के जात को प्रत्याशित लाभ के अवसर प्राप्त होंगे आर्थिक उन्नति के प्रयास सफल रहेंगे भाग्य की अनुकूलता रहेगी किसी बड़े काम के लंबित प्रयास अब जाकर के सफल होंगे आपके घर में आपके बच्चों का कोई बर्थडे हो सकता है या मूड़न हो सकता है या कोई भी आज मांगलिक कार्य हो सकता है अपेक्षित कार्य पूर्ण होने से आज उत्साह व प्रसन्नता में वृद्धि होगी आज घर परिवार के साथ कहीं बाहर जा कर के सुगम व्यंजन लेने का आनंद बन रहा है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि गणेश जी को आज मोदक यदि हो सकता है तो उसका आप लोग भोग लगाइए दूसरा एक कार्य ये करिएगा कि आज गणेश जी को आप एक हल्दी की गाठ ओ ओम गंगा गणपत नमा मंत्र बोलते हुए जरूर अर्पित कर दे ये दो कार्य करिए कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले इलायची का पिस्ता का सेवन करके निकलिएगा शुभ कलर आप लोगों के लिए रहेगा ये रहेगा सेफ्रॉन कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक तो दर्शकों ये तो था हमारा मेष से लेकर के मीन राशि का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और कमेंट में जय श्री राम आप लोग जरूर लिखिए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी श्रोता लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए जय श्री रामी